फ्रेंड्स आ भैया खड़े होकर भैया मैं आप सोच ली इतने सारे कमेंट पहली बार पढ़ के मुझे बहुत खुशी लगी तो वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं चलो पर उसके पहले से आप लोगों के बहुत तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना पर नहीं करना है कि करना। पूरी बड़ा मजा आएगा तो इसमें होता गया है जो अपना है वो बिना आपके परमिशन के बिना आपके एक्सेस दिए हुए आपकी वेबसाइट होगी आपका फोन हो गया आपका स्मार्टफोन हो गया कुछ भी जिसमें उसे है वो बिना तो तो वो बिना परमिशन के के उसको एक्सेस कर लेता है। हैकर आपका ही डाटा दोबारा देने क्या करेगा करेगा कि आपसे या या तो कोई बड़ी अमाउंट डिमांड फिर वो उसे किसी ब्लैक मार्केट, मार्केट वेब जैसे जो बहुत ज्यादा देख सके लेकिन आपकी सिक्योरिटी थोड़ी कमजोर है कि आप और कुछ हैकर को पता चल गया और उसने एक्सेस कर लिया तो भैया आप सोचते रह जाओगे कि आपके कोई ना सारे डाटा को इकट्ठा कर सकता है और आपके भैया टाइप की प्राइवेट कर सकता है प्राइवेट पब्लिक कर सकता है ना आपकी वेबसाइट आपके है है जिसको भी उसे हैक हैक करना उसको उसके बाद उसी पग वाले रास्ते से घुस करके आपके फोन की आपके वेबसाइट की जिस भी चीज की जिसमें उसने आपका डाटा जितने डाटा है सारा निकाल सब साफ कर देगा इस तरीके समझ सकते हो आपने मान लो एक बहुत बढ़िया घर बनवा उसमें हाई सिक्योरिटी मिलने की कमजोर रहेगी अब जो चोर है उसको चोरी करने के लिए क्या करना है आपने पूरा घर सिक्योर रखा है बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी रखी है लेकिन दीवार हर कमजोर है जो घुसने की सबसे आसान रास्ता है कि वो कमजोर दीवार ढूंढेगा और उसको तोड़ के से घुसेगा उसके बाद आप जानते हो बिना परमेश भैया अब बात करते हैं इससे बचने का तरीका बस तो इससे बचने का तरीका बस इतना ही है उसमें निकालते रहे बस इतना ही तरीका है हैकर से बचने का किसी के साथ अपना कोई प्राइवेट जितना भी डाटा है कुछ भी शेयर ना करें ना तो भैया आपका अगर एक्सेस हो गया ना वेबसाइट या फोन फिर सावधान हो जाओ। नंबर टू पर बात करते हैं हमारे क्या होता क्या है तो इस चीज में होता ऐसा तो है कि जो है वो आपको आपको कांटेक्ट करेगा, मैसेज करेगा, किसी थी थी तरीके से आपसे कांटेक्ट बनाएगा, और उस वक्त जो आपकी नीड है आपको में, आपको में या, किसी तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा आपको कहेगा भैया की ये चीज में आपको फ्री में दे दूंगा या ऐसे कर दूंगा या आपको सस्ते में भैया मुझे सस्ते में मिल रही है डाटा कोई आपसे आप ही तो तो तो आप की चीज दोबारा लौटाने के लिए अच्छे खाते पैसे देगा। बहुत हाई लेवल उसके बाद आप ब्लैक या बोल सकते हैं आपसे कुछ अपना बहुत तगड़ा काम करवा दे या आपसे कुछ और डिमांड तो मतलब आपको, आपको तो डाटा तो तो तो तो ले लेगा मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे मैं तो नहीं दूंगा मैं नहीं दे रहा लेकिन आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट लेवर के जो लोग होते हैं वो अपना डाटा दे देते हैं भैया मेरे को तो अपग्रेडेशन मिलने वाली है और उसके बाद अगर आपने डाटा दे दिया अगर वो अपने असली रंग में आ गया तो भैया वो आपसे आपका जो भी डाटा है उसके बदले अच्छे खासे पैसे ले लेगा इससे बचने का कोई को तरीका है क्या तो मैं कहूँगा हाँ है तरीका किसी भी लेवल पर अपना कोई भी सेंसिटिव डाटा किसी के साथ ना करें। गवर्नमेंट टाइम ये चीज़ बताती है हो हो लेकिन अपना कोई भी सेंसिटिव डाटा किसी के साथ ना करें। कर दिया। हो अगर क्या है ऐसे ही कुछ होता है जैसे बुक में उसके बाद कोई भी रैंडम उसको नहीं नहीं तो उस हैं गले उस में फंसता तो है, कि जब वो वाला वो उसके है। वो इतना तो इतना ही छटपट आरोप निकाले लाइन हमारे फिशिंग वाले जो फिशिंग होता है जो फिशिंग कर रहा होता है अगर उसको कोई चीज चाहिए वो तो कैसे करेगा वो ऐसे करेगा कि जिस चीज़ तरीके से इन्फॉर्मेशन लेनी है वो कार्ड, कार्ड, नहीं, तो वो भैया आपके लिए या तो कोई वेबसाइट बनाएगा कुछ भी कोई भी तरीका जिससे वो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड पे करवा दे अपनी वेबसाइट में तो वो बिल्कुल सेम दिखने वाली कोई वेबसाइट बनाएगा लाइक मान लो शॉपिंग वेबसाइट बना ली उसपे आपको बड़ी बड़े ऑफर किसी बात करते हैं फिशिंग से बचने का तरीका क्या है भैया इससे बचने का मत एक ही तरीका है की अगर आपको कोई ऑफर दिखे या कुछ भी ऐसा दिखे जिसको आपको चाहिए हाँ यही ले लेते हैं अच्छा लग रहा है तो भैया थोड़ा संयम रखो लालच में मस्त पक और किसी भी वेबसाइट पे जल्दबाजी में अपना कोई भी प्राइवेट प्राइवेटिव डाटा शेयर मत करो कोई भी डाटा मत करो, नहीं तो भैया में लेने, लेने में लेने के चक्कर में नहीं नहीं, नहीं, मुझे लेना ही तो बड़ा मस्त हो गए बहुत अच्छा लग रहा है ये सस्ता हो गया मजा आ गया इसको तो लूटना ही लुटना है तो भैया थोड़ा सफर रुको देखो जो आपका मोजिला उसमें वो उस होता है, देखा है ना उस के नहीं लगा हुआ लेकिन ये भी हंड्रेड परसेंट से कई बार तो फेक जो होते हैं लुटना है उसके वो लगा होता है। तो भाई थोड़ा सोच कर लूटने के चक्कर में लूट मत तो जाना, लूटना है, अपने बहुत सारा तरीके बोलना चाहूँ क्योंकि आपने पिछली वीडियो को सी व्हाट्सब्स उस पर आपने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया मुझे मेरे तो बहुत बड़ी बात, आप बात आपकी वजह से मेरे पास बहुत सारी चीजें मैं चेंज करता जा रहा हूँ पहले दिन का सेटअप और आज का सेटअप अपग्रेड करता जा रहा हूँ आप लोगों ने कितनी पूछा था भैया कहा दिख रहा था लेकिन पूरा रहा रहा और और ज़्यादा मज़ा भी भी आ रहा है तो वीडियो रहा अच्छा वीडियो वीडियो शूट करने तो ऐसे ही देते मुझे अच्छा लगेगा अच्छी अच्छी से क्रिएट अच्छी होती जाएगी आपका सहयोग ऐसे ही रहे तो एक मिलता रहेगा तो देखते रहो सस्ती मस्ती पैन पेट्रोल तो थोड़ा तो कम कर रहे